कटनी में एस कार्यालय बाबू के रिश्वत लेने का मामला सामने आया है जहां जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने दबिश देते हुए बाबू को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है कटनी में जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने दबिश दी और एस कार्यालय के बाबू दिनेश खरे को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया बताया जा रहा है बाबू ने जमीन के मामले को रफा दफा करने की एवज में आवेदक राजा राम से दस हजार की रिश्वत की मांग की थी और दूसरी किस्त के पांच हजार लेते हुए बाबू को गिरफ्तार कर लिया गया है वहीं लोकायुक्त पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है दस बारह साल पहले मेरी पत्नी उमा देवी ने संतोष कुमार फाहू से लगभग एक एकड़ जमीन खरीदी थी और जमीन के रजिस्ट्री में जैसी चौहदी लिखी थी ऐसा नक्फा कटा हुआ है पटवारी के रिकॉर्ड में संतोष साहू के परिवार वालों ने एसडीओ साहब के यहाँ अपील किया था इस नक्शे के खिलाफ तो एस साहब ने तहसीलदार साहब को जाँच में दिया तो तहसीलदार पटवारी एस साहब बिजरावगढ़ ने उसको यथावत रखा कि ये नक्फा सही बना है रजिस्ट्री के अनुसार एस डी के आदेश के विरुद्ध फिर राजा राम और मोहनलाल ने दो प्रकरण अपर कलेक्टर महोदय कटनी के यहाँ शिकायत किया तो उस शिकायत उस अपील को खारिज करने के लिए दिनेश खरे जो उनका रीडर है अपर कलेक्टर का वो रुपयों की मांग कर रहा था वो दस मांग रहा था पाँच पाँच हजार रुपये फिर सात में तय हुआ तो हजार रूपया दो तारीख को ले लिया था और पांच हजार रूपए हमारे फरियादी है रोहनी प्रसाद पटेल ये बहरीह के निवासी है इनकी पत्नी के नाम अपील प्रकरण एडीएम कोर्ट कटनी में चल रहा है एडीएम कोर्ट में पेशी लगी हुई थी अपील खारिज करने के यहां पदस्थ है साय ग्रेड तीन दिनेश कुमार खरे इनके द्वारा इनसे पांच की डिमांड की गई थी आज हमने दिनेश कुमार खरे के, के कहने पर